हेलो यार कैसे हो जैसे आप लोग देख रहे हो पा रहे हो इस बैकग्राउंड का मतलब मैं अपने मम्मी के घर पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ ब्लॉग्स में क्योंकि मेरी जो अंदर से जो मतलब मैं उछल रहा हूँ घूमने के लिए ब्लॉग्स के लिए मोटिवेशन बातों के लिए आने वाला बहुत जल्दी मे के फर्स्ट डे